रामा वते, रामा वते, वत रामावत और निमावत विष्णु और माधवा चारी जी और माधवा चारी जी चार सम्रदा पवन गोद की कहूं भी तुं विधिया चार सम्रदार पवन गोत की तू विधि है, नंगी, नंगी। अरे योगा विष्णु ने राया मतल जंगीपा खोली अजी रामदन और देवादिरी रामद मन और देवादिरी ंगी और चतुर चतुर्भुजा ये सुनो जी सभी अलबहांगी चतुर्भुजा शेर पाना मैं परी भूणा लंगी लाल गुलामी में। लाल गुलामी पी तिलक पीता ja nah. nah. बंद कर दी जी चार गम प्रदान पावन को जखी प्रभु जी but <laughs> then राम रमाण कैसा मल गिलावत उपरा कित उड़े राम रंगी राम रामी देव बुरारी करमचंदी राम रंगी राम रामली देव बुरारी करमचंद You. कहिए कैशव जासी कहे सुनाऊ हर चासी सुनिजो कैसव जासी सुनी जो This one. नारायणी और कहू मै कृष्णानंदी तन तुलसी सतारणी और कहू मैं कृष्णानंदी तन तुलसी अरे देख प्रसादी उदो प्रसादी अजी हड़मानी संप्रदा कहना चार संप्रदा कहना Let me see. मिलकरी पवन हो जावे सब मिल ए हो जावे मिलकरे चले बुधी बुधी बुधी मारी, कई चले बुद्धि नानुदास हवानंदी के दान पवन से मुकती मारी dinay pyaare pyaare chara